के के हर मूर्ति क्या ब्राह्मणों को ब्राह्मण प्रभु और जब से ये सरकार उप्रेक्षित अपने को लाचार महसूस कर रहा है और ब्राह्मण का हमारा संस्था तो द्वापर युक्त है सुधा महसूस के जमाने उसमें सुदामा जी कृष्ण को आशीर्वाद दे चुके हैं तो आज वो लोग आशीर्वाद देंगे और ब्राह्मण जब एक बार आशीर्वाद दे देता है वो वापस नहीं लेता है तो अखिलेश जादों आशीर्वाद दे चुके तो सभी जाति वर्ग धर्म के लोगों ने दिया